अक्सर हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि संगति अच्छी होनी चाहिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती कर्ण एक बहुत ही अच्छा धनुर्धर था उसके बावजूद एक सभा में उसे सूत पुत्र कहकर उसकी प्रतिभा दिखाने से उसे मना कर दिया गया उसी सभा में दुर्योधन मौजूद था कर्ण जैसे धनुर्धर को दुर्योधन खोना नहीं चाहता था इसलिए उसने अपनी दोस्ती का हाथ कर्ण की तरफ बढ़ाया कृष्ण महाभारत के युद्ध ऐसी पहले दुर्योधन के पास एक प्रस्ताव लेकर आए कि अगर तुमने पांडव पुत्रों को उनका राजपाट वापस कर दिया तो यह युद्ध टल जाएगा। कर्ण समझ चुका था कि इस युद्ध में मेरे मित्र के प्राण जा सकते हैं, इसलिए उसने दुर्योधन को बहुत समझाने की कोशिश की दुर्योधन जिसने सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए अपने मित्र की जान तक दाव पर लगा दी अगर आपको भी दुर्योधन जैसा कोई दोस्ती करने वाला मिल जाए ना तो उसके एहसान को मान कर उसे दोस्ती मत करना बल्कि कोशिश करना की उसके एहसानों को चुपता कर